अस्सलाम वालेकुम पूरे एशिया में अपने जलजिले के झटके महसूस किए हैं इंडिया पाकिस्तान अफगानिस्तान चीन ताजिकिस्तान तो हर तरफ आपको जलजिले के झटके महसूस हुए लेकिन इंडिया में जो खबर देखने को मिल रही है कि इंडिया में एक आधी इमारत टेढ़ी हो गई और में भी कोई जानी नुकसान हुआ है या नहीं ये तो कल ही पता चलेगा जब आ, लोग बताएंगे मजीद मेरे साथ एक्सपीरियंस हुआ इस जलजले में वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ कि मैं क्या कर रहा था उस टाइम और ये मेरी लाइफ का एक पहला एक्सपीरियंस है जो मैंने देखा है अपनी लाइफ के अंदर वैसे 2015 के अंदर भी जल्जिला आया लेकिन वो फाइव फाइव था आई थिंक क्योंकि तब मुझे इतना ज़्यादा शाउट नहीं था 2015 की बात कर रहा हूँ मैं 2023 के अंदर यू you नो know, मेरी आंखों के सामने आलमोस्ट uh, दस बजने में दो या तीन मिनट पड़े होंगे अचानक uh, जलजिला आता है और मुझे नहीं पता था कि ये क्या हो रहा है और मज़े की बात देखो मेरे चाचू का बेटा वो नीचे सोया पड़ा था उसने कुंडी लगा ली और सो गया दरवाजा वैसे भी वो हलाए जा रहे थे भाई उठ जा जितना मर्जी दरवाज़ा खड़काएं कोई फर्क नहीं पड़ता हमें तो मुझे लगा कि शायद ये दरवाज़ा खड़का रहे होंगे इतनी इतनी ज़ोर से क्योंकि वो सो रहा था और उसको उठाना है और उन लोगों लो ने भी कमरे के अंदर सोने जाकर तो सबसे तीसरा वाला फ्लोर घर का मेरे पास ही है यू you नो know, एक कमरा लेकिन अचानक दस बजने में दो या तीन मिनट पड़े होंगे आता है और मैंने अपनी आंखों से देखा कि मेरी जो सामने वाली दीवार है वो एकदम टेढ़ी हो गई है मुझे ऐसा लगा जैसे पूरा का पूरा कमरा यू नो you know, ऐसे किसी ने रोड़ दिया और सीधा करके भाई पहले उसकी गर्दन थोड़ी सी ऐसे टेढ़ी की फिर सीधी की ऐसे हुआ पूरे के पूरे छः सेकेंड जल्दला रहा है जहाँ तक मैंने एक्सपीरियंस किया और तीन सेकेंड जब मुझे महसूस हुआ इन तीन सेकंड के अंदर जल्जला आ गया तो मैं घर वालों के पास गया और मोहल्ले से आवाज़ आई भाई जान ये जल्जला है कोई दरवाज़ा खड़का नहीं रहा फिर मैंने घर वालों को बताया और यू नो सभी घर वाले निकले और कोई कलमा श्रीफ पढ़ना शुरू हो गया यू you नो know, सब ने अपनी अपनी प्रैक्टिसेस की किसने ने कहा नीचे बैठ जाओ छः या सात सेकंड के बाद ये जलजिला खत्म हो गया जहां तक मुझे देखने को मिला है कि घर वालों को भी नहीं पता था कि ये जलजिला एट्टी परसेंट लोग ऐसे उनको इमेजिन नहीं, नहीं था कि ये क्या चीज़ है यू नो you know, उनको लगा कि बस कोई ऐसे ही हिला रहा होगा भूकमारा होगा किसी को कुछ पता नहीं था थोड़ी देर बाद ऑलमोस्ट दो या तीन मिनट के बाद सबको होश है तो पता चला भाई ये जलजिला है जब मैंने जियो खोला जियो वो इंडिया वाला नहीं जियो न्यूज़ मैं जियो की जियो न्यूज़ की बात कर रहा हूँ तो वहाँ पर उन्होंने वो बता रहे थे कि सेवन पॉइंट सेवन रिकॉर्ड किया गया है पूरे के पूरे एशिया में ये जलजिला और वैसे सिक्स पॉइंट फाइव अराउंड अबाउट पाकिस्तान के अंदर था पूरे पाकिस्तान के अंदर जल्जिला आया वो भी शुक्र अल्लाह ला, ला कि इतना ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ है जहाँ तक मुझे लगता है कि इतना ज़्यादा जानी नुकसान नहीं हुआ होगा अब जब न्यूज आएगी तो पता चलेगा सुबह कि क्या मामला हुए हैं कितना जानी नुकसान हुआ क्या पाकिस्तान इंडिया आ, क्या आसपास के जो मुल्क है वहाँ पर भी कोई नुकसान हुआ है या नहीं यहाँ पर सब सेफ है लेकिन ये मुझे बताना आपको जरूरी था क्योंकि ये टेक के अराउंड ही अब चीज़ें यू you नो know, अब टेक वाली चीज़ें आपको हर तरफ टेक्नोलॉजी देखने को मिल रही है ये वीडियो आपको कैसे लगी नीचे कॉमेंट करके कर बता सकते हो मेरा नाम है जैन आप लोग देख रहे हो टेक अविल यूट्यूब चैनल थैंक्स फॉर